चलो ठीक है बिस्मान रही सो वी विल स्टार्ट टूडे विध एन इंट्रोडक्शन टू ब्लड प्रेशर कंट्रोल अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक्यूट मेकेनिज्म भी हैं और लॉन्ग टर्म मेकेजम्स भी हैं ठीक है तो एकट का मतलब है कि फॉरन जो एक्टिवेट होते हैं और लॉन्ग टर्म का मतलब है जो जरा देर में एक्टिवेट होते हैं ठीक है दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है और दोनों को समझना एक खास लेवल तक समझना ज़रूरी है ठीक है अच्छा ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए हम इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड प्रेशर देखेंगे और क्यों इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म्स को देखेंगे ठीक है अब आर्टीजल ब्लड प्रेशर ये क्यों ज़रूरी है ये मैं, मैंने वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताया है उसमें मैं नहीं चाहूँगा लेकिन मैं आपको ये जरूर से मैंशन करूँगा कि मेन आर्टीज प्रेशर जो है वो बड़ा टाइटली रेगुलेट होता है ठीक है और उसको बहुत ज़्यादा नीचे या ऊपर नहीं जाने दिया जाता और इसकी बात मैंने वीडियो में की है इससे पहले भी करता आ रहा हूँ और जो टिश्यूज़ होते हैं टिश्यूज़ ने बेसिकली नलका खोल के या उसको ज़्यादा ज़्यादा खोल के अपने आ, जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा करना होता है नलके से मरार यहाँ पे आर्टरीज हैं ठीक है ना तो आर्टरीज में एक प्रेशर मेनटेन किया जा रहा होता है तो टिशू जो है वो उस प्रेशर को उस प्रेशर पे अपने मामला को तय कर लेता है जब उसको ज़्यादा चाहिए होता है तो वो भी इस करा देता है और तो वो सारे मेकेनिजम्स हमने पढ़ लिए थे और उसकी वजह से उसका फ्लू बढ़ जाता है ठीक है अच्छा अब जो आ, रेगुलेशन है उसमें नर्वस रेगुलेशन भी आती है उसमें हार्मोनल फैक्टर्स भी आते हैं ठीक है और ये हैं वो सात चीज़ें सात रेगुलेटरी मेकेज़म्स जो आ, अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते है, ठीक है अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक्यूट है, एक्यूट हैं, हैं, फिर इंटरमीडिएट है और फिर लॉन्ग टर्म ठीक है अब इसमें एक कैटेगरी हमने बढ़ा दी है इसमें क्योंकि हम डिटेल में जा रहे हैं वो है इंटरमीडिएट मैके ठीक है तो एक बेटा यह होता है जो सेकेंड्स के अंदर एक्टिवेट हो जाए फॉरन ठीक है सेकेंड्स के अंदर एक्टिवेट हो जाए इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है जो कुछ मिनट uh, या घंटों बाद घंटों के लिहाज से एक्टिवेट हो ठीक है और uh, फिर लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि वीक्स और मंथ्स पे जाती है ये बात, ठीक है ये तीन ये तीन चीजें हैं अब ये हैं क्या क्या जैसा कि मैंने वीडियो में बयान कर रहा हूँ कि एक्यूट जो है वो सेकेंड्स टू मिनट्स में एक्टिवेट होते हैं इसमें जो दो इंतहाई जरूरी हैं जो दो हम कवर भी करेंगे ज़्यादा डिटेल में हम इसको कवर करेंगे ये आपको आना चाहिए ठीक है ब्रीफली हम इसको डिस्क्राइब करेंगे ठीक है इसकी ब्रीफ आपको आनी चाहिए इसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है इसको सिर्फ लिखना यहाँ पर ज़रूरी है ताकि आपको ये इलम हो कि भाई ये, ये कीमो रिसेप्टर मैकेजम भी होता है आ, लेकिन जैसा कि नाम से जाहिर है कीमो रिसेप्टर का मतलब केमिकल है तो ये आर्टिकल ब्लड गैसेज के लिए मेनली किरदार अदा करता है और ब्लड प्रेशर में इसका किरदार कम है ठीक है लेकिन लिखना जरूरी है ऑल को कवर ठीक है हम कवर करेंगे बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को और सी की एसकेमिक रिस्पॉन्स को इसमें जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है इसपे हमारा काफी जोर रहेगा क्योंकि ये आपका मेन वो है पॉइंट है सर बेटे सॉरी है अच्छा चलो। तो ये ये एक्यूट हो गया आपने ये भी नहीं करना मैं थोड़ी देर में अच्छा. अगर आपको ये क्लियर है कि बेज ऑफ्रक्टिव मैकेजम है तो नंबर टू पे इंटरमीडिएट मैकेनिज्म है वो स्ट्रेस रिलेक्सेशन है और नंबर थ्री पे फ्लू ये भी जब इनका वक्त आएगा तो इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया और लॉन्ग टर्म में आपके पास एक ही एंट्री है ठीक है यहां पर ठीक है बेटे चलो ओके बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन ठीक है अच्छा अब मैं बात करने लगा हूं ठीक है अब रेनन एनजियोटेंसन एक जो है वो बेसो कंस्ट्रिक्टर मैकेनिज्म है और दूसरा जो है वो एल्डोस्ट मैकेजम अब ये क्या ये क्या मतलब? ये बड़ा सिंपल सी बात सिंपल सी बात ये है कि जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है तो ये हम आगे भी किडनी में पढ़ेंगे तो एक एनजाइम है इसको रेनन कहते हैं यह किडनी से रिलीज होता है और क्योंकि ये एंजाइम होता है तो इसने इसनेटलिस्ट का काम करना है इसमें ब्लड में मौजूद एक प्लाज्मा प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजिन जिन वो इधर नहीं लिखा ठीक है वो उस पर एक्ट करता है ठीक है, है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है उसको तोड़ता है और उसको बनाता है एनजियोटेसिन वन फिर एनजियोटेंसन वन एनजियोन टू में कन्वर्ट होता है तो वो जो टू है वो ये एनजू टेंसन होना चाहिए लिखा हुआ यहाँ पे लेकिन तो टू तो बनना शुरू हो जाता है, जैसे हुआ रिलीज होना हुआ, रिलीज होना शुरू शुरू शुरू हुआ, हुआ, तो Angiotensin 2 बनना हुआ। यहां तक तो ठीक है ठीक है जब रहने जब एनजियोटेंसन 2 बेटे बनना शुरू हो गया तो आपने अभी बात याद रखनी कि ये बात आपने याद कि एनजियोटेंसन 2 का जो इमीडिएट एक्शन है जैसे ही वो बनना शुरू होगा अच्छा ये सारा सेटअप जो है ना ये एक्यूटली नहीं होता इसको थोड़ा सा टाइम लग, लगता है इसको चंद मिनट लग जाते हैं बनते ये जो मेकेनिजम्स हैं ये आपने अप्रीशियट करना इस बात को ये मैकेजम्स सेकेंड्स के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं और मिनट्स तक मिच्योर हो जाते हैं पूरा काम करना शुरू कर देते हैं ये जो है आपको बयान कर रहा हूँ वीक्स और मंथ uh, के लिहाज से ये काम करता है ये वीक्स पे एक्टिवेट होते हैं और फिर आगे चल के अपना काम पूरा करते हैं ठीक है तो आपने इस बात पर और करना है।, है वो बनना शुरू नहीं होती एक्यूट फेज में थोड़ी देर बाद और ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर मीन आर्टिकल प्रेशर में कोई रद्दो बदल आया है खास तौर पर वो नीचे गया मीन आर्टिकल प्रेशर एम ए पी ठीक है ये खास तौर पर जब ये नीचे जाता है तो ये मैकेनिज्म थोड़े से एक्टिवेट हो जाते हैं इसके ऊपर जाने भी, भी होते हैं लेकिन मैं एक चीज समझा रहा हूं चंदा नहीं पुष कर रहा हूं आपको कि अगर रेनन आपने समझना है ना तो आपको ये समझना होगा कि जब मीन आर्टीरियल प्रेशर ड्रॉप करता है तो रेनन रिलीज करता है जब रेन रिलीज होता है तो फिर वो सारा एक एसकेट ऑफ रिएक्शन था जिसमें इवेंचुअली एनजोटेंसन टू बन जाता है ठीक है ये सारा इंटरमीडिएट के खाते में होगा यस और उसके बाद ये जो एनजोटेंसन टू है ये पावरफुल बेज कंस्ट्रक्टर है ये बेज ऑफ करना शुरू कर देता है तो आपका जो डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर है जब बेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है बेजो हो जाती है, तो फिर वो होना शुरू हो जाता है ठीक है ना बेजो कंस्ट्रक्शन से ब्लड प्रेशर इंप्रूव होना शुरू हो जाता है इस तरह से रेन एंजोटेंसन बेजो मैकेनिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट मैकेजम टू कंट्रोल मेन आर्टीरियल प्रेशर जो आई इंपॉर्टेंट बात बाकी ओके। बाकियों कोटन कैटलेस होता है हार्मोन नहीं होता Catalyst होता है और वो आप इसको इसको नहीं एंजाइम एंजाइम है चल, है है है ठीक चलो अभी चलते हैं अब फिर इधर क्या क्या ये ये क्या चीज़ है? तो वो ही जिस को आपने बना बना दिया मोहम्मद कर दी थी यहां पर वही मिनट्स के अंदर Within minutes मिनट वो बेजो कंस्ट्रक्शन करता है और फिर कुछ अगर कुछ दिन लग जाए तो वो एक और काम करना शुरू कर देता है वो ये काम वो एल्डोस्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू कर देता है एडीन प्लैट तो एजेंट वही है ये दोनों same सेम चीजें angiotensin angiotensin टू सेम कंपाउंड है जो रेन की वजह से ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू कर देता है दस्ती तौर तो पर फौरन वो फॉरन कंस्ट्रक्शन कर देता है और जब आप उसको अलाउ करें कि वो डेज और वीक्स में चला जाए तो फिर वो क्या करता है एड्रिनल प्लान से वो एल्डोस्टोरॉन का भी प्रोडक्शन शुरू करवा देता है ये एल्डोस्टोरॉन होता है जो सॉल्ट एंड वाटर रीअबॉर्बन पे काम करता है किस पे काम करता है सॉल्ट And and water re and water reabsorption, salt from एंड वॉटर रीप सॉल्ट एंड वॉटर रि एब्जॉप है सॉल्ट एंड वॉटर री एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी बस ठीक है तो वो उसमें वो भी ये जो सॉल्ट एंड वॉटर रि एब्जॉर्प्शन है ये भी आपके मेन आर्टिफियल प्रेशर को हेल्प करेगी कि वो आप yes? इस पर कोई अब तक कोई सवाल है तुमसे अभी कर। ओके ना ये बेटा इस्ट क्योंकि मैंने समझाई नहीं अभी मोटी-मोटी बातें आपसे की हैं। चलो सुन एक प्रोटीन है जो होता है। क्या कहते हैं उसको? चलो मैं लिख देता इन ये जो मैंने लिखा है ना यह इनएक्टिव एनजीओ हो गई है ठीक है लग रहा है मुझे एनजीओ टेन <laughs> होना चाहिए मैंने डैश लगा के किया ताकि आपको इसकी स्पेलिंग समझना है ठीक है ये इसकी इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है ठीक है अब रेन रिलीज हो गया ठीक रेन रिलीज हो गया रेनिन ने एनजीओ और जिन को तोड़ा क्लीव किया चेंज किया क्या बनाया एनजीओ टेंसिन टू सो टू को ऐसे लिखते हैं ठीक है, है? एनजीओ टेंसन टू अगेन ये डैश जो एनजीओ के दरम्यान डैश है ये डैश होता नहीं ये वन वर्ड है ये डैश लगा के नहीं मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको क्या आपको समझ आयासन बन और जिन से पहले जो बनता है एंजियोटेंसिन टेंशन वन बनता है मैं लिख रहा हूं पहले यह बनेगा बेटर और उसके बाद एनजीओन टू बन अब ये जो 2 बन गया है ना ये बहुत एक्टिव होता है 1 बस दरमियाना ही होता है बेटे मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ चैट में लिख रहा हूँ अलीशा मैं चैट में लिख रहा हूँ जहां पे आप कमेंट्स लिखते हैं ना मैं वहां पे लिख रहा हूँ बेटे ठीक है एंजुटेंसन वन जो है वो एक्टिव नहीं होता एंजोटेंसन टू बहुत एक्टिव होता है वो दो काम करता है जैसे हमने भी, है, मैं भी देता हूं वो पावरफुल को करवाता है, ठीक है जी पहले वन बन बनता है फिर टू बनता यस एनजोमें बनता है फिर टू बनता है ओके चलो ये हो अब हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे आज इतना काफी है हम इंट्रोड्यूस करेंगे बैरुल सेक्टर को और जैसे मैंने आपसे कहा कि हम ये दो चीजें डिस्कस करेंगे बेटे ठीक है इसमें अब हम बैरुल सेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे ठीक है बैरुल सेक्टर रिफ्लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट ये बेटे पहला पहला रिफ्लेक्स होता है जो एक्टिवेट होता है जैसे ही ब्लड प्रेशर आपका मेन आप प्रेशर नीचे जाता है या ऊपर जाता है चेंज होता है में कोई चेंज हो तो सबसे पहले जो करता है, है वो है भी आ अब बैरो को में आ क्या बात है कि आपको तो पता है ये जब होता है, है एक एक का तो एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिकली हो जाती है ठीक है ना वो तो हमें समझ में आता है यह बैरुलर क्या चीज है बैरो नहीं। बैरो बेटे, बैरो टेंपरेचर कहां से आ गया प्रेशर बिल्कुल बैरो बैरोमीटर नहीं पड़ा बैरोमीटर तो ये प्रेशर से प्रेशर को सेंस करने के लिए रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर कहाँ कहाँ लगे होते हैं येरोटेड के बायोकेशन पर लगे हुए होते हैं यहां लगे हुए होते हैं ठीक है और ये आर्च ऑफ एयोटा के अंत नीचे लगे होते हैं ये देखो एरोटिक बॉडीज है वो तो है फाइबर्स से निकल होते हैं ठीक है ये ये दो, दो जगह होती है सबसे ज्यादा बैरोसेप्ट पाया जाता है ठीक है उसके बाद यहाँ पे हम फिर इसको इन्ष इनशाला फिनिश करेंगे बात को आपने सिर्फ कनेक्टिविटी थोड़ी सी देखनी है इसपे बहुत ज्यादा मैं आप और और और आपको हॉरो नहीं करवाऊंगा आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटे कि ये जो बना बनाया है ना इधर इसमें इस ये तो ब्रेन का तो ये वाला सेक्शन आपने देखा होगा ये सरकॉटिक्स है ये हाइपोथल है ये पॉन्स है ये ये पॉन्स है नजर आ रहा है ये और ये, ये, ये, ये, ये, ये, ये, ये, ये मेडिडा ये मेडिला ठीक है मैं इसको बना भी देता हूँ जिससे किसी बच्चे को बदमा सब बेटे ये पॉन्स है ये मेडिला ठीक हो ओके ओकेम्बा है थोड़ा सा और यहां से स्पान कॉड शुरू हो जाता है अब पॉन्स और मेडुला में ना एक जगह होती है उसको बेजो मोटर सेंटर कहते हैं मतलब ये बात है पे कहीं दिखा तो मैं लिख देता हूँ वेजो मोटर सेंटर, ठीक है वेजो मोटर सेंटर बुनियादी तौर पर आपको यहां दिखाया गया है, ये वेजो मोटर सेंटर है सारा वेजो मोटर सेंटर है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वेजो मोटर सेंटर में पूरे में उसके अंदर और भी सेंटर्स मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें बताई जा रही ठीक है अब वेजो मोटर सेंटर इस डायग्राम में कहा पे है बेटे वो ये ब्रेन स्टेम कहते हैं इसको पॉन्स प्लस मेडुला पॉन्स और मेडुला को मिला के इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं ब्रेन स्टेम में होता है यानी इस एरिया इस एरिया में होता है वेजो मोटर सेंटर और वो वेजो मोटर सेंटर ये तो ओके बाप समझाइए कोई बात नहीं ठीक है समझ में अभी ठीक है अच्छा आ, ओके वेजे मोटर सेंटर के फंक्शन पे मैं आ ठीक है इन अब बेटे आपने ये सोचना है कि इसमें एक सिंपैथेटिक नर्वस सेंटर भी है इसमें एक पैरासिंपथेटिक या वेगल सेंटर भी है और इसमें एक चीज होती है एनटीएस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको तो कंफ्यूज तो नहीं होना आपने सिर्फ इसकी मोटी मोटी बातें और करोशन समझा दी हूँ यहाँ पे पड़ा इसको ठीक है सेंटर, ये हायर सेंटर से भी कनेक्टेड होता है जैसे आप देख सकते हैं हायर सेंटर से कनेक्टेड है और फिर यह ब्लड वेसल्स और हार्ट से भी कनेक्टेड है ये तो ठीक है ना यहां तक ठीक है अच्छा अब इसके अंदर जरा देख लेते हैं हमने ये तो देख लिया कि हायर सेंटर से भी कनेक्टेड है और सर्कुलेशन में ये हार्ट से भी कनेक्टेड है और ये ब्लड प्रेसर से भी कनेक्टेड है अभी देख लेते हैं जरा कि इसके अंदर क्या प्रभाव है, एक एक एक है उसको पैरासिंपथेटिक और एक सेंटर है उसको सिंपथेटिक और पैरासिटिकता तो है Medical, nucleus, I think this is सोलिटेरियस check करूंगा ठीक है अब again मैं सिर्फ uh, मोटी मोटी बातें करूंगा <coughs> रिफ्लेक्स की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ये रिसेप्टर एफरेंट से आती है आपको होता है एफरेंट का क्या मतलब होता है एफरेंट वो होता है, तो आ, सौली, ये है जो सेंसरी सॉलिटेरियल आई सॉलिटेरियो बैरोप्टर है वो क्योंकि एक रिसेप्टर है वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो एफरन फाइबर के जरिए आएगी ठीक है टू वर्ड्स दी एन ये वो इन्फॉर्मेशन बेटे आ रही है ये आप देख सकते हैं ये वो इन्फॉर्मेशन आ रही है ठीक है अब अगेन इसमें पे इसने नहीं लिखा कि बतेरे इसमें आ एफरेंट्स आ रहे होते हैं तो इस डायग्राम लेकिन तो तो जो आती है, वो एंटर होती है सेंटर में, और वो सीधी जाती है एनटीएस इट्स लाइक ऑफिस ठीक है like यह सारी चीजों को सॉर्ट आउट करेगा और फिर ये आगे भेजेगा उनको ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो, आप करें, तो सारे ठीक हो है और उससे फिर यह आई सेंटर में भी जा रहे हैं फिर यह सिंपथेटिक जा रहे हैं और ये पैरासिटे सिस्टम में भी जा रहे हैं ठीक है तो यह एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है यहां से फिर ये अपडेट करता है पैरासिंपथेटिक को और सिंपथेटिक को कि हुआ क्या है ठीक है अब और से सुनो अगर बीपी हुआ है ड्रॉप जी बिल्कुल एनटीएस इंफॉर्मेशन एनटीएस एफर इन्फॉर्मेशन लेता है। अगर ब्लड आर्टीरियल ब्लड प्रेशर आपका ड्रॉप हुआ है ठीक है तो एफरेंट इंफॉर्मेशन कम आएगी क्योंकि वो बीपी ड्रॉप कर गया है रिफ्लेक्स स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं जब खिंच कम पड़ती है जब जितनी ज्यादा खिंच होगी उनपे जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा खिंच पड़ेगी जितनी ज्यादा खिंच पड़ेगी उतना ज्यादा एफरेंट इंफॉर्मेशन ज्यादा है ये बात समझ में आई है कि बड़ी क्रुशल बात मैं जल्दी में कह गया हूं मैं इसलिए स्लो डाउन कर रहा हूं तुम्हारा बैरोप्टर रिफ्लेक्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वापस बस अब शुरू होने वाली है चलो ब्रेक पर रजान प्लीज अच्छा सॉरी गैज मैं रिकॉर्ड रिज्यूम करना भूल गया था तो मैं बस अब ताकि वीडियो कंप्लीट हो जाए तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं जिसने जाना है वो जा सकता है ठीक है मैं सिर्फ रिपीट इसे कराऊँगा ताकि मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया है कि बैरोसेप्टर एफरें एनटीएस के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं जब ब्लड ब्लडरी ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ हुआ होता है तो बेजो कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती है इस केस में सिम्थेटिक्स को एक्टिवेट किया जाता है ताकि वो इंक्रीज़ करें बेजो और ब्लड प्रेशर अप हो जाए ठीक है और दूसरा मैंने सीनारी बताया था जब ब्लड प्रेशर अप हुआ हुआ है तो उस केस में एफर जो हैं वो इस तरीके से एन टी एस को पे से इंटरेक्ट करेंगे कि सिमथेटिक नर्व सिस्टम को डल कर दिया जाएगा इनविट कर दिया जाएगा ब्लड प्रशर को ड्रॉप कर दिया जाएगा क्योंकि वो इंक्रीज है ताकि वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाए वीजो डाइजेशन की जरूरत ठीक है ये बात डिस्कस हुई थी जिस एडिंग से इनशाला के वीडियो कम्प्लीट